फिर को डे है प्रॉमिस डे हम भी प्रॉमिस कर देते है सब तो प्रोमिस करते हैं जब तक क्लास में पढ़ाते रहेंगे इक... आप प्यार से पढ़िए हम आपको हंसा के खिला के नाच गा के जैसे पढ़ाना है पढ़ा देंगे लेकिन याद रखिएगा जितने दिल से पढ़ाते ना उतने तो दिल से पीटते इतना सुकून मिलता है मारते तो चटाट से लिखता है हाँ बहुत मजा आया बहुत मजा आता है लड़कों को कभी भी लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता ये 110 परसेंट हम लिख के देते हैं ये खान सर की गारंटी है बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता वो एक अट्रैक्शन होता है वो एक शारीरिक लगाव होता है शारीरिक खिंचाव होता है जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है लड़का को भी लड़की के प्रति होता है जिसका यह काम लोग अब वो लोग कैसे कहेंगे शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे थे भाग तो यहाँ है तो इसको छुपाने के लिए एक नया शब्द इजार कर देता है लव सकें अच्छा अगर ये लव होता है तो आप देखें ज्यादातर लव खूबसूरत लड़कियों से होता है बूढ़ लड़कियों से नहीं होता है जो ते रहती तेर उनसे नहीं होता है, होता है पता कि नहीं होता? इसलिए बाबू दिमाग से आप को हटा दीजिएगा प्यार शब्द भी कुछ होता है ये कुछ नहीं होता है ये एक अट्रैक्शन होता है इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल न्यू थॉट को सब्सक्राइब जरूर करे थैंक्स फॉर वॉचिंग